तीस जनवरी उन्नीस जब नाथूराम गोड़से ने गांधी जी को गोली मारी आश्चर्यजनक बात यह थी कि नाथूराम गोड़से गांधी जी को गोली मारने के बाद भी वहीं पास खड़े रहे जबकि हर मुजरिम गोली मारने के बाद या तो भाग जाता है या फिर छुपता है नाथुराम गौड़े जी ने वहीं खड़े होकर यह कहा यदि राष्ट्रभक्त गुनाह है तो गिरफ्तार कर लो मुझे फिर उन्हें गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि आपने गांधी जी को गोली क्यों मारी तो उन्होंने मूल रूप से दो रीजन बताए जिसमें से पहला रीजन गांधी जी को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में गांधी जी मुस्लिमों की तो हर बात मान लेते थे पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे और हिंदुओं के किसी भी बात पर वह गौर नहीं करते थे और सभी हिंदू उनका आदर करते थे इसलिए हिंदू का उनकी बात माननी ही पड़ती थी आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा सही थे या दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा जय हिंद